है का मिला बे कोरोना का बाहर निकल हमरा पुलिस वाला होना क मिलब जानू कोल्ला बाहर निकल मरते हमरा पुलिस वाला याद अब मच्छर कटै घर में धुकधू धुक, सास चल कन् ना प्यार कर लकडन खुलते लगातार मिलब ये कन्हे दिन रुकू ना प्यार करते हाँ हेलो हमारे अवसगर दिन नहीं कटे छे अच्छा आप दिन नहीं ए सीरियलो तीरियल देखवे त तो नहीं हाथ घर में बैस के ताबा मैथिली गाना सब सुनो ना कल कल् दुनिया कोरोना के पीछा लॉकडाउन खुलते का पूरा देव इच्छा कल कल्छ दुनिया कोरोना के पीछा लॉकडाउन खुलते जानो पूरा देव इच्छा एक दूसर से खतरा मोबाइल पछूमा दा देते दे, खतरा एक दूसरे सामने में से खतरा मोबाइल पचूमा दा दे लग चीतो हमरा मन नहीं लग चाहे। लॉकडाउन से से मालूम नहीं यार। आई आप बीच में लॉकडाउन का तो सच्चे लेने -ले। हैं। की जाना कोना ना कोना से ऊर्ध्विक कच्चे लेने। ले। आहा सदूर हमरो लग नज़ मान ये। पिज़रा में बंद जेना पुझाई छे जीवान ये। दूर हमरो हम लगने जी पिछड़ा में पंथे ना बुझा जीवान बात बुझू में लगा रूम साबुन पानी साथ खुलते लगा तार मिलब ये। बात ना प्यार ये। खुलते लगा तार मिलब ये। ओके अच्छा नहीं कुन। बात रात बारह बजे में वीडियो कॉल पे आ गह बजे किया दस बजे से तैयार